Assalamualaikum दोस्तों आज मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि न्योक्स एप्लीकेशन जो है उसमें आप ATM टी एम कार्ड अप्लाई कर चुके हो तो आपका जो ए टी एम कार्ड आने वाला है या फिर आ चुका है वो कैसा दिखने वाला है मैं आपके सामने लाइव दिखाने जा रहा हूँ मैंने अपने मोबाइल पर न्योक्स एप्लीकेशन डाउनलोड किया था उसमें रजिस्ट्रेशन करके मैंने ए टी एम कार्ड अप्लाई किया था तो देखते हैं कैसा ए ये आ चुका है मेरे घर आज को मैं आपके सामने ये लाइव खोलने जा रहा हूँ ठीक है ना तो देखते हैं सबसे पहले प्लास्टिक ओपन कर लेता हूँ इसका फटाफट इसका प्लास्टिक ओपन कर चुका हूँ अब इसको खोलने जाऊँगा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नियोक्स इक्विटास बैंक है जो ये मेरे पीछे में एड्रेस दिया हुआ हुआ ये न्यू का पूरा देखिए स्कैनर भी है यहाँ से हम एक्टिव भी कर सकते हैं अपना एटीएम कार्ड को स्कैन करके एप्लीकेशन द्वारा चलिए इसको ओपन करते हैं इसको खोलते हैं ये मैंने ओपन कर चुका हूँ देखिए यहाँ पर जो स्लिप है ये मेरा एड्रेस का स्लिप है अंदर में दिया हु यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट सो होगा कस्टमर आई डी सो होगा मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ लेकिन मेरा एड्रेस है यहाँ पर ये यह देखिए पूरा स्लिप है यहाँ पर तारीख दिया हुआ है ट्वेंटी फोर जुलाई मैंने ऑर्डर किया था ठीक है न देखिए मेरा एटीएम टी कार्ड कुछ इस तरह का होगा ये कितना स्मूथ है ये प्लास्टिक का भीज़ा प्लेटिनियम कार्ड बहुत ही स्मूथ है काफ़ी अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक है ये आप भी चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हो ये कार्ड आप कहीं भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो ठीक है ना ये पीछे में मेरा पूरा डिटेल्स दिया हुआ है मैं शो नहीं करना चाहता हूँ थोड़ा सा देखिए मेरा नाम है नीचे ऊपर में मेरा कार्ड नंबर है ऊपर में सी कोड है पूरा एकदम बेस्ट क्वालिटी का कार्ड है देखिए लिखा हुआ है वीज़ा प्लेटिनियम कार्ड ये दो कलर का कार्ड आता है जैसा कि ये एप्लीकेशन में दो कलर दिखाई दे है ना तो मैंने ब्लैक कलर का ब्लैक कलर अच्छा लगता मुझे इसीलिए मैंने ब्लैक कलर का ऑर्डर करवाया और अगर आप चाहते हो तो ये वाला कलर भी आप ऑर्डर कर सकते हो ठीक है ना देखते हैं और आगे क्या है इसमें अंदर तो इसको इसको भी ओपन करना होगा मैं ओपन कर रहा हूँ यह ओपन हो चुका है ठीक है ना यहाँ पर भी कुछ स्लीपे हैं टर्म्स एंड होगा इसका जो भी एप्लीकेशन का रिलेटेड है कुछ दिया होगा इसमें। इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये ये कागज़ रहता है इसके लिए कैसे यूज़ करना है इस कागज़ में लिखा रहता है, समथिंग वगैरह बहुत सारा लिखा रहता है। तो ये था मेरा एप्लीकेशन द्वारा कार्ड ऑर्डर किया हुआ भिजा प्लेटिनियम डेबिट कार्ड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और आप बताइए कि आप किस किस दोस्त कौन कौन यूज़र ने आपने ऐसा भीज़ा प्लेटिनियम कार्ड ऑर्डर करवाए हो और आपके पास पहुंचा या न नहीं पहुंचा आप प्लीज़ कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिए धन्यवाद थैंक यू